उये न संयारूट गए ना नूटी के राम कोई

कर रही है ये, ये कोई भी ना सुने ये तो कभी गाज

I oh, hate.